तो वेलकम टू तो माय चैनल टेक्निकल अजय राय दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से माफी चाहूँगा थोड़ी लेट वीडियो आई है फिर भी आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ तो दोस्तों ये है महिंद्रा की जीटो तो इसमें जो हमने मोडिफिकेशन करी हुई है उसके बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ देखिए पहले एक बार गाड़ी चेक कर लीजिए तो इसका मैं साउंड भी आपको सुनाऊँगा एक बार गाड़ी अभी स्टार्ट है सी की गाड़ी है यहाँ पे हमने लकड़ी का बुक लगा रखा है जिसमें कि सैनिटाइजर वगैरह डिटोल वगैरह पैन वगैरह सब कुछ आप रख सकते हैं। इसको भी इसमें हमने एक छोटी सी एक अलमारी बना रखी है मतलब गाड़ी को गर्म नहीं होने देता है यहाँ पे एक एमपी थ्री लगा हुआ है जो की ब्लूटूथ कनेक्टेड है एक बोफर यहाँ लगा रखा है स्पीकर बेस यहाँ लगा हुआ है नीचे एक स्टिकर मेरे पीछे लगा हुआ है यहाँ पे छोटा तो सा एक गैंगस्टर लुक देने के लिए हमने एक मास्क लगा रखा है ये जिसके पीछे ऊपर पी है तो इसमें छोटी मोडिफिकेशन कर रखी है तो गाइज आपको कैसा लगा बताए ये देखिए दो बटन हमें यहाँ पे दे रखी है ये वॉल्यूम का दे रखा है ये कैम्प रिकॉर्ड यहाँ पे लगा हुआ है अब स्टार्ट नहीं इसकी वायरिंग नहीं हुई अभी जल्दी हम इसको स्टार्ट भी कर देंगे पूरी गाड़ी देख लीजिए अगर आप ऐसी गाड़ी करना चाहते हो छोटी मोडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं वायरिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा आप समझ लिया कहीं भी वायरिंग नहीं हो रही है बस यहीं से सारे कनेक्ट हमने कर रखा है हर चीज का तो चुनाव फैन हमने स्टार्ट कर दिया है मैं इसके सामने से कोई कागज रखता हूँ यहाँ तक इसकी हवा आराम से आ जाती है तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिएगा अगर छोटी मोटी नोटिफिकेशन करनी है यहाँ पे एक चार्जर भी लगाया हुआ है जो कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है ऐसे तो फुल चार्ज रहता है फोन कभी कभी पड़ जाती है और ये चार्ज कर देगा